मेरे लिए लिए क्या पहले फर्स्ट टाइम किस चीज के लिए था पेन पेन और बैक पेन था मेरा काफी तो दो सेशन क्या दो सेशन में मैं स्टिफनेस तो एकदम डाउन तो सबसे पहले सर से मिलने हैं <laughs> और सो so आपका फर्स फर्स या इस बार आए हैं आपने नंबर सेव किया था बिल्कुल नहीं हाँ सेव करके रखा रखा रखा ठीक है तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया नहीं किया हाँ एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली क्या क्या करते हो आ, अभी तो जिम जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं तो पेन काफी कम हो गया अभी अब एक्सरसाइज रेगुलरली करने लग गया चलो वेरी गुड मैं आपका जल्दी से एडजस्टमेंट करता हूँ मैं इसको दिखाता हूँ ग्लासेस निकाल देंगे और आप जैसे कि आपने कहा है कि वेरीफाइन लेटेंगे beta aur karenge nice nice nice good nice niche <laughs> side down niche roll straight ye bend relax okay. nice us taraf एक चीज बोलूंगा निशान नजर लगाना पड़ेगा बॉडी स्ट्रेथ होनी चाहिए है <laughs> तो जो पहले था एकदम एकदम चलो वीडियोस आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर लें शेयर कर करें सब्सक्राइब और आप भी ज्यादा लोगों तक शेयर करें हमारे वीडियोस पे मुश्किल से सौ दो सौ व्यूज तीन सौ व्यूज आते हैं ऑन एन थैंक यू